बात हमारी याद रखना हर इंसान अपनी जबान के पीछे छिपा हुआ है। हर इंसान अपनी जबान के पीछे छिपा हुआ है अगर उसे समझना है लोगो तो की बातों को दिल पर मत लिया करो लोगो की बातों को दिल पर मत लिया करो लोग अमरूद को भी मीठा होने की शर्त आरोप खरीदते हैं और बात अगर तुम किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाते हो अगर तुम किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाते हो तो ये न समझना की वो कितना बेवकूफ़ था और हमने उसको कितना बेवकूफ बनाया बल्कि हमेशा सोचना, बड़ों ने सिखाया मुझक बचपन से जिक्रसीबत को टाल देता बात याद रखना। एक बात हमारी याद रखना नेकी कमाने का बेहतरीन वक्त जवानी में है अफसोस आज इस बात का है कि हम नेकी उस वक्त करते हैं जब बुराई के काबिल भी नहीं रहते बात याद रखना एक बात हमारी याद रखो वक्त और प्यार दोनों ही खास होते हैं वक्त और प्यार दोनों ही खास होते हैं वक्त किसी का नहीं होता और प्यार किसी से नहीं होता बात याद रखना एक बात हमारी याद रखना किसी के बुरे कह देने से से ना ना हम बुरे हो जाते हैं और ना ही अच्छे अपनी से हर शख्स अपना ज़र्फ़ दिखाता दूसरों का नहीं एक बात हमारी याद रखना खतरा कोई नहीं मुझे किसी ज़वाल का खतरा कोई नहीं मुझे किसी जवाल का मैं दीवाना हूँ मोहम्मद के आलम का एक बात हमारी याद रखना लोगों से डरना छोड़ दो बात याद रखो लोगों से डरना छोड़ दो इज्जत खुदा देता है लोग नहीं बात याद रखना एक बात हमारी याद रखो जब तुम्हारी मुश्किलात हद से ज्यादा बढ़ने लगे जब तुम्हारी मुश्किलात हद से ज्यादा बढ़ने लगे तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें बुलंद मकाम देने वाला है बात याद रखना जिंदगी क्या है अगर कोई पूछे की तो बताओ जिंदगी क्या है अगर कोई आपसे पूछे कि जिंदगी क्या है तो तुम हथेली पर जरा सी मिट्टी रखना और उसे फूक मार कर उड़ा देना बताना लोगों को ये जिंदगी है एक बात याद रखना कभी भी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर भरोसा न करना क्योंकि बीमारी और गुर्बत आने में देर नहीं लगती वक्त कभी भी बदल सकता है बात याद रखना एक बात हमारी याद रखना जिस जबान से झूठ निकलना बंद हो जाए जिस जबान से झूठ निकलना बंद हो जाए उस जबान की, की हुई हर दुआ होती है। एक बात हमारी याद रखना मकान हाथों से बनते है घर दिलों से आबाद होते है और दिल अल्लाह के जिक्र से आबाद होता अल्लाह से दुआ करो की हमारा दिल हर वक्त अल्लाह के जिक्र ऐसी आबाद रहे आमिर एक बात हमारी याद रखना अगर इंसान अपने से अमीर यानी मालदार को देखकर शिकायत करने के बजाय अपने से गरीब को देखकर शुक्र करने लग जाए तो याद रखना उसकी परेशानियां बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी एक बात हमारी याद रखना जब की हुई नयकी भूलने लगो जब की हुई नयकी भूलने लगो और किए हुए गुना याद रहने लगे तो समझ देना की आप रुहानियत के सफर पर चल पड़े एक बात हमारी याद रखना हर इंसान अपनी जबान के पीछे छिपा हुआ है। हर इंसान अपनी जबान के पीछे छिपा हुआ है अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो। एक बात हमारी याद रखना अफसोस आज तो इस बात का है अफसोस तो आज इस बात का है की व्हाट्सअप ऐप हो या जिंदगी लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं बात याद रखना एक बात हमारी याद रखना लोगों की बातों को दिल पर मत लिया करो लोगों की बातों को दिल पर मत लिया करो लोग अमरूद को भी मीठा होने की शर्त पर खरीदते हैं और बाद में नमक लगाकर खाते हैं बात याद रखना एक बात हमारी याद रखना किसी चीज की फिक्र ना करो किसी भी चीज की फिक्र ना करो मेरे दिल ना तो ये दर्द हमेशा रहने वाला है और ना ही ये जिंदगी हमेशा रहने वाली है बात याद रखना एक बात हमारी याद रखना जब अल्लाह किसी से खुश होता है, तो उसके लिए नेकी आसान और गुनाह करना मुश्किल कर देता एक बात हमारी याद रखें, बड़ा आदमी बनना मुश्किल नहीं होता बड़ा आदमी बनना मुश्किल नहीं होता अपने अंदर से छोटा आदमी निकालना मुश्किल होता बात याद रखना एक बात और हमारी याद रखे कामयाबी की सीढ़ियों में कोई लिफ्ट नहीं होती कामयाबी की सीढ़ियों में कोई लिफ्ट नहीं होती एतम के साथ प्लान को लेकर खुद ही चढ़नी पड़ती है सबसे पहले इरादा फिर हमारा भरोसा फिर हौसला फिर मेहनत उसके बाद जस्तजू उसके बाद कामयाबी एक बात हमारी याद रखना जब तक तुम्हारी मां के होड़ तुम्हारे लिए दुआ के लिए हिल रहे हैं तो तुम दुनिया के अमीर तरीन इंसान हो बात याद रखना एक बात याद रखो अगर तुम किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाते हो अगर तुम किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाते हो तो ये ना समझना कि वो कितना बेवकूफ था और हमने उसको कितना बेवकूफ बनाया बल्कि हमेशा ये सोचना कि उसको आप पर कितना भरोसा था बात याद रखना एक बात याद रखना अगर कुत्ते को इंसान तीन दिन रोजाना रोटी डाले तो कुत्ता तीन साल तक उसको नहीं भूलता और अगर इंसान को इंसान तीन दिन खाना खिला दे तो इंसान तीन दिन के बाद भूल जाता है बात याद रखना। आज मैं आपको कुछ बहुत अहम मोटिवेशनल बातें बताता जब ट्रेन किसी सुरंग से गुजरती है और एकदम से अंधेरा हो जाता है तो आप अपनी टिकट को फेंककर ट्रेन से बाहर नहीं भूल जाते क्यूँकी आपको ट्रेन के ड्राइवर पर भरोसा होता है इसी तरह जब जिंदगी की ट्रेन मुश्किल दुखों और मुसीबतों के अंधेरों से गुजर रही हो परेशानियों के तारीकियों से गुजर रही हो तो जिंदगी की ट्रेन चलाने वाले पर भरोसा रखो क्योंकि वो आपको इन अंधेरों से जरूर निकाल लेगा बस कभी ये सुरंग छोटी होती है और कभी बहुत लंबी यकीन मानो होती ये सुरंग ही है जिसके दूसरे सिरे पर रोशनिया और उजाला ही उजाला होता है बस हमें क्या करना इस सफर के खत्म होने का इंतजार करना बात याद रखना एक बात हमारी याद रखना लोगों के दिलों में इस तरह मकान बनाओ लोगों के दिलों में इस तरह जगह बनाओ कि जब आप मर जाएं तो लोग आपके लिए दुआ करें और जब आप जिंदा रहें तो आपसे मिलने की लोग आरजू करें बात याद रखना